आशा की गली में आके उसका पता नहीं पूछते गुलामों के झुके हुए सर खुद में खुद रास्ता बटा देते